नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज जहां मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज में दोस्तों अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है अगर आपको डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या है अगर आपका पेट साफ नहीं होता है पेट खराब रहता है लूज मोशन होते हैं दस्त लगते हैं खाना हजम नहीं होता है पीलिया हो जाता है ज्वाइंटिस हो जाता है मतलब अगर आपको डाइजेशन से संबंधित या फिर लीवर से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो आज का वीडियो केवल और केवल आपके लिए है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि के दिव्य उद्रामृतवटी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये जो मेरे आपके हाथ में देख रहे हैं ये पतंजलि के दिव्य उद्रामृतवटी है और आप यहाँ पे जो नो डब्बिया देख रहे हैं ये उद्रामृतवटी की मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे ने वाला हूं। तो इसका जो है ये हमारे YouTube चैनल पतंजलि प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रहा है। तो अगर आपको ये जो बिल्कुल फ्री ऑफ चाहिए, तो ऐसे में आप स्क्रीन पे मुझे इस नंबर पे जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको फ्री गिव अवे वाला जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन कुछ भी अगर हो तो कमेंट कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे में रिप्लाई जरूर करूंगा तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा इसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद में जो इसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड की जानकारी व नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले व सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं आपको डिटेल में इसकी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य उदरामृत वटी ठीक है यहाँ पे दोस्तों दिव्य लिखा है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो दिव्य होता है ये पतंजलि की ही फार्मेसी है और पतंजलि दिव्य फार्मेसी में अपनी दवाई बनाती है ठीक है और जो पतंजलि के खाने पीने का सामान बनता है वो पतंजलि फार्मेसी में बनता है मतलब एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो पतंजलि फार्मेसी में बनते हैं इसलिए दवाइयों के ऊपर दिव्य लिखा आता है और खाने पीने के सामान पे पतंजलि लिखा हुआ जैसा कि दोस्तों इसका नाम है उदरामृतवटी तो हम सबसे पहले समझते है कि इसका नाम उदरामृतवटी क्यों रखा गया है मतलब इसका मतलब क्या है इसके नाम का मतलब क्या है देखो उदामृत मतलब उदर प्लस अमृत उधर का मतलब होता है पेट हमारा है स्टोमक ठीक है तो पेट मतलब उदर तो उदर के लिए अमृत तो मतलब पेट के लिए अमृत होती है उदरामृत ठीक है तो उदर प्लस अमृत उदरामृत आपके पेट के लिए अमृत है और जो अमृत होता है हमारे शरीर के सभी रोगों को खत्म कर देता है इसलिए अमृत वर्ड का यूज किया गया है ए प्रोडक्ट ऑफ दिव्य फार्मेसी भारत में निर्मित देखिए जैसा कि मैंने बताया कि दिव्य फार्मेसी में बना हुआ है नेक्स्ट साइड इसमें लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन मतलब ये आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन है मतलब इसको अपने मन से बिल्कुल नहीं लेना है अगर आपको कोई समस्या है अगर आप इसको लेना चाहते हैं अगर आपको कोई बहुत ज्यादा समस्या है या थोड़ी भी समस्या है तो इसको बिना चिकित्सक के निरीक्षण में ना लेवे या आप किस बिना परामर्श के ना लेवे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जब मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको फोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा कंपोजिशन इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है भूमि आवला पुनर्नवा मकोय देखिए दोस्तों इसमें ये जो तीन चीज मिली हुई है भूमि आवला पुनर्नवा और मकोय ये तीन चीज बहुत ही बढ़िया और रामवान औषधि होती है लीवर के लिए मतलब देखो लीवर के लिए जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है ना वो होता है पुनर्नवा भूमि आंवला और मकोय अगर आप पतंजलि का सर्वकल्प को लेते हैं तो वो ये केवल तीन जड़ी बूटियों से मिलके बना होता है और पतंजलि ने जो अभी लीवोग्रिड टेबलेट निकाली है ये जो लीवोग्रिड टेबलेट है इसमें भी ये तीन चीज इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मतलब ये जो तीन चीज होती है पुनवा भूमि आंवला और मकोय यह अपने आप में बहुत ही अच्छी जो है औषधि होती है आगे हम पढ़ते इसमें और क्या क्या है चित्रक, आमला हरड़ छोटी बहेड़ा सौफ तुलसी निशोत कुटकी अतीस आम बेल पुदीना अजवाइन अतिबाला गिलोय कपर्दक भस्म मुक्ताशुक्ति भस्म शंख भस्म कसीस भस्म और एक्स्ट्रेक्टेड में इसमें मिला हुआ है घृत कुमारी मतलब एलोवेरा बस दोस्तों इतनी चीजों से मिलके ये बनी हुई है हालांकि इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बहुत प्यारा इसमें बला है इसमें अतिबला है ठीक है और इसमें ये जो आ, पुदीना है अजवाइन है ये दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जो इसकी तासीर को मेंटेन रखती है ठीक है मतलब जिसे जिन लोगों की तासीर गर्म होती ना तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं ठीक है तो इसमें जो इसका कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और नेक्स्ट साइड दोस्तों कुछ भी नहीं है बस इतना ही इसके ऊपर लिखा हुआ था जो भी कंपोजिशन थे इसके बाद में दोस्तों इसमें डोजेस में लिखा हुआ है मतलब आपको कितना लेना है ठीक है कितनी मात्रा में लेना है इस पे इतना लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाई द फिजिशियन मतलब चिकित्सक की निरीक्षण में ही इसका प्रयोग करना है इस पर लिखा हुआ नहीं है कि इसको कैसे लेना है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो वटी है इसको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है तो दोस्तों इसको मन से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आपको आपके चिकित्सक के निरीक्षण में ही इसे प्रयोग करना है या फिर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप मेरा मार्गदर्शन ले सकते हैं स्क्रीन पे पे गए नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंडिकेशन में लिखा हुआ है मतलब ये आपको जो भी समस्या हो, सब में काम आता है और गैस से संबंधित अगर आपको कोई समस्या हो रही तो उसमें भी ये काम आता है बस दोस्तों इतना ही लिखा हुआ है और ढक्कन पेम का लोगो बना हुआ आता है। और यह सील पैक आती है इस टाइप से। ठीक है इस टाइप से शिल्प एक आती है इसके अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है देखिए दोस्तों ये जो उदाहमित्वी है अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूं देखिए अगर आपको डाइजेशन से संबंधित हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है देखिए मैं यहाँ पे बहुत जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है जिनको लंबे समय से प्रॉब्लम होती है जैसे किसी को पांच साल से है दस साल से बीस साल से पच्चीस साल से अगर लंबी समस्या है तो ऐसे में उदमृतवटी आपको वर्क तो करेगी काम तो करेगी लेकिन उतना परफेक्टली काम नहीं कर पाएगी इसके लिए आपको कंप्लीट डोज लेना होगा प्रोपर डोज लेना होगा बॉडी हार्मोन्स और बॉडी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लेकिन अगर आपको अभी अभी प्रॉब्लम चालू हुई है या अभी अभी आपके साथ में कोई लीवर की प्रॉब्लम हो गई है या आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई है तो अगर हल्की प्रॉब्लम है मतलब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे में आप उधरामृतवटी का बिल्कुल सेवन कर सकते हैं हालांकि देखिए अगर आप उधरामृतवटी का सेवन करते हैं तो इसके साथ में उधर पंचामृत जूस का सेवन आप जरूर कीजिएगा देखिए इसका बता देता हूँ मैं आपको देखिए ये उधर पंचामृत जूस है दोस्तों इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज और सभी लगभग सभी यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल रखा है तो अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है तो इसको और इसको दोनों को मिलाकर साथ में आपको लेना है अगर आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में इसको लेते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जो है उदरामृतवटी और उदर पंचामृत जूस काम करता है जैसा नाम उद्राम वटी का बताया जो उद्रामृतवटी के नाम का जो मैंने आपको मतलब बताया है वही मतलब उदर पंचामृत जूस का भी है थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन सेम लगभग काम है तो इसको अभी हम हटा देते हैं हालांकि अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर आप जो है मुझे आ, इस नंबर पे जब करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट इसका वीडियो भेज दूंगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा अभी बात करते हैं दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस बनती है गैस हमेशा बनते रहती है थोड़ा भी कुछ खा लिया ठीक है तो गैस बन गई कुछ लोगों को बेसन खा लिया मैदा खा लिया या कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर खाने में आ जाता है तो गैस बन जाती है तो ऐसे में उदाम अगर आप सेवन करते हैं तो आपको जो गैस की समस्या होती है वो होना बंद हो जाती है अगर आपको फैटी लीवर हो गया है ठीक है लीवर में सूजन आ गई है लीवर सिरोसिस हो गया है ठीक है या फिर आपको लीवर में दर्द रहता है तो ऐसी कंडीशन में भी आप जो है उद्राम वटी का सेवन कर सकते हैं लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको ज्यादा समस्या है लंबे समय से समस्या है पाँच महीने छह महीने से समस्या है या इससे ज्यादा समय से समस्या है तो आप कंप्लीट डोज लीजिएगा उद्रामृतवटी आपको उतना अच्छा असर नहीं कर पाएगी क्योंकि अपने आप में ये बहुत अच्छा डोज लेकिन फिर भी ये लाइट डोज है ठीक है तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, है। है, तो आपको आपको के साथ में में, कंप्लीट डोज लेना कंपलसरी इसके बाद में, अगर भूख नहीं लगती है, बहुत से लोग होते हैं कि हम काम भी करते हैं मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमको भूख नहीं लगती है तो दोस्तों अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ऐसे में आप जो है उद्राम का अगर सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तीन दिन के अंदर आपकी भूख बढ़ जाएगी और भूख लगने लगती है हालांकि अगर भूख की प्रॉब्लम है तो उद्रामृतवटी उदर पंचामृत जूस और कुंवर यासव ठीक है आप उद्रामृतवटी कुमार यासव उधर पंचामृत जूस तीनों लीजिए इसमें आपकी भूख जो है आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी और आप जो भी खाना खाओगे मतलब देखो क्या होता है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है और मान लीजिए आपने भूख तो बढ़ा ली आपने खा भी लिया लेकिन अब जो खाया वो हजम होना चाहिए तो ऐसे में वो हजम भी होगा तो मतलब जिन लोगों का खाना हजम नहीं होता है डाइजेस्ट नहीं होता है तो ऐसे में भी आप उदाह का सेवन कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइको दबा के ओल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए मैं अभी दो से तीन घंटे में आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों अगर देखा जाए तो ओवरऑल ब्लोटिंग गैस सभी में काम आता है मतलब जिन लोगों का पेट फूल जाता है पेट फूलने की समस्या होती है बहुत से लोग ऐसे होते कुछ खाया या नहीं भी खाया लेकिन उनका पेट काफी ज्यादा फूल जाता है जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं तो ब्लोटिंग में भी ये बहुत अच्छा काम करता है जिन लोगों को नींद की समस्या है जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात में नींद खुल जाती है दोस्तों इसमें भी ये उद्रामृतवी अच्छा काम करती है ठीक है क्योंकि नींद का जो संबंध होता है नींद का जो कनेक्शन होता है आपके पेट से होता है तो जिन लोगों के डाइजेशन की वजह से अगर नींद की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप उदरात वटी का सेवन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों में अभी जो भी बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा फिर से सुनिएगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ आप कम्प्लीट डोज के साथ में सेवन करेंगे तो ही इनमें फ़ायदा करेगा अगर आपको हल्की फुल्की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप केवल उद्रा मृतवटी ले सकते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादा समस्या हो तो आपको कम्प्लीट डोज लेना पड़ेगा वो भी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग और हर व्यक्ति के लिए कम्प्लीट डोज अलग अलग होता है क्योंकि सभी के शरीर में बीमारी अलग अलग होती है इसलिए सभी की कम्प्लीट डोज या फिर सभी की दवाइयाँ अलग अलग होगी उद्रामृतवटी के साथ में हालांकि अगर ज्यादा समस्या रहती है तो इसमें आपको भस्मों का भी सेवन करना पड़ता है गोलियों का भी करना पड़ता है कारे भी लेने पड़ते हैं मतलब आपकी क्या प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों जो उदाम है अगर हम वैसे देखें तो इसका किसी भी प्रकार से कोई भी साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव प्रभाव या दुष्परिणाम नहीं मिलता है ठीक है ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है दोस्तों ये जो उदामृतवटी है आप अगर इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा जो है इसमें लाभ देखने को मिलता है दोस्तों उद्रामृतवटी के सेवन की जो विधि है ठीक है वो विधि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्यों नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो मैंने जैसा बताया कि आप सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है ठीक है आप सबकी कंडीशन अलग अलग है तो ऐसे में किस व्यक्ति को किस प्रकार से कितनी इसकी गोलियां लेनी है ये डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रॉब्लम के ऊपर तो अगर आप उदाहमटी लेना चाहते हैं आप इसका डोजेस जानना चाहते हैं तो या तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ समस्या है तो इससे में उधर पंचामृत जूस जरूर लीजिएगा और वैसे भी उद्रामृतवटी लेते हैं तो साथ में उधर पंचामृत जूस आपको जरूर लेना है ताकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बहुत अच्छा असर करता है मतलब आप जो उद्रामृतवटी खा रहे हो इसको भी हजम करने के लिए आपको उधर अमृत जूस उधर पंचामृत जूस लेना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जो लिक्विड होता है वो बहुत जल्दी असर करता है जो लोग हमेशा चूर्ण का सेवन करते बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमें सुबह मोशन नहीं आते हैं फ्रेश नहीं हो पाते हैं हमको कोई ना कोई चूर्ण लेना पड़ता है चूर्ण लेना पड़ता है तो दोस्तों आप लोग चूर्ण ले लेके अपने सेहत खराब कर रहे हो अपने आंतों को नुकसान पहुंचा रहे हो तो इसलिए आप चूरण ना लें चूरण की जगह आप जो है लिक्विड लें या उधर पंचामृत हो गया आपकी उदरात वी हो गई या फिर आपका सर्वकल्प हो गया है ना इस टाइप की चीजें लीजिए या आपका पुनर्नवा दिमंडवा पुनर्नवादिष्ट हो गया इस टाइप की चीजें लीजिए ताकि आपके लीवर को या आपकी आंतों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे क्योंकि दोस्तों आंतों को नुकसान पहुंचेगा तो दोस्तों आपको बहुत सारी इसमें बीमारियां खड़ी होती है दोस्तों इसकी एक और खासियत है कि जिन लोगों को आई बी की प्रॉब्लम है जिसको इरिटेटेड बॉल सिंड्रोम बोलते हैं उसमें भी उद्रामी बहुत अच्छा काम आती है हालांकि आई की प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा है तो कंप्लीट डोज की जरूरत लगती है लेकिन उसमें भी हम उद्रामृतवटी आपको रिकमेंड करते हैं लेकिन सभी को नहीं करते है जिनको रिक्वायरमेंट होती उन्हीं को हम उद्रामवटी रिकमेंड करते हैं दोस्तों जिन लोगों को पाचन करने के लिए कुछ जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि हिंग पेड़ा अनारदाना ठीक है मतलब खाने के बाद कुछ न कुछ जंदल चीज जैसे जंदल डोजेस जो होते हैं कुछ अनारदाना लेते हैं कुछ हिंग पेड़ा लेते हैं ठीक है कोई ना कोई कैंडी या आंवले की सुपारी या इस टाइप से कुछ लेना पड़ता है तो अगर ऐसी कोई समस्या है कि अगर आप वो सब चीजें नहीं लेते और आपका खाना हजम अगर नहीं होता है तो ऐसे में तो आप डायरेक्ट उद्रामृत वटी का सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे दो से तीन महीने के अंदर आपकी ये जो समस्या है ना कि खाने के बाद कुछ खाना ही पड़ेगा तो ये बिल्कुल जो है आपकी खत्म हो जाती है हालांकि उद्रामृत वटी के कई सारे अपने फायदे है अपने आप में काफी अच्छी दवाई है तो इसका आप सेवन जरूर कीजिएगा लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि उद्रामी को अपने मन से नहीं लेना है आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कंप्लीट डोजेस के साथ में ही इसे लेना चाहिए ताकि आपकी जो है बीमारी जड़ से खत्म हो सके दूसरी बात दोस्तों मैंने आपको डोजेस के इसमें बता दिए कि सभी व्यक्ति के लिए डोजेस अलग अलग होता है किसी के लिए डोजेस एक नहीं होगा तो आपकी क्या समस्या है आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग इसका डोजेस मतलब डिसाइड होगा तो ऐसे में आप मेरा कंसल्टेशन ले लीजिएगा स्क्रीन पे पे दिए गए नंबर आप मुझे कर दीजिएगा मैं आपको ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है क्वेश्चन है या इसमें आपकी कोई बीमारी है जिसके बारे में मैं बताना भूल गया या मैं नहीं बता पाया तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे में रिप्लाई जरूर दूंगा और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा से जादा लोगों को ये जो डाइजेशन की भी अगर लेता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है कोई भी ले सकता है लेकिन आपको एक बार परामर्श जरूर लेना चाहिए अपने मन से इसको नहीं लेना है ठीक है एक बार परामर्श जरूर लेना है लेकिन मन से नहीं लेना है स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है लेकिन परामर्श लेने के बाद में ही ले सकता है हालांकि इसके ऊपर भी लिखा हुआ है है ना आ, जो है आप फिजिशियन के कंसल्ट करके ही इसे जो है लेवे या किसी डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लेवे तो ऐसे में आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों इसका मैं फिर से बता दूं कि ये जो उदाहरण है इसका फ्री गिव अवे चल रहा है मतलब आप में से नौ लोगों को मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ तो इसके लिए हमारा जो गिव अवे चल रहा है वो पतंजलि प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल पे चल रहा है तो ऐसे में दोस्तों उस चैनल को प्रोसेस है बता दीजिए तो मैं उस वीडियो को आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा और वैसे भी ये वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में स्क्रीन एडेशन में आपको वीडियो जो है लगा दूंगा आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपकी सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी आपकी सारे डाउट क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो तो दोस्तों हमेशा की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातम